हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं के संत आप सभी का मैं नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो देख सकते हो ये है डीएनडी और डीएनडी पे हम चढ़ चुके हैं और मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं डीएनडी से लेकर बारह पुल्ला कि कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है डेहली मेरठ आरआरटीएस का दोस्तों तो वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और मेरे देख सकते हो राइट हैंड पे अभी ये यमुना पर ब्रिज बनाया जा रहा है दोस्तों जो कि उसका बेल फाउंडेशन का काम अभी चल रहा है और अपडेट आप लोगों को मंडे में देखने के लिए मिलेगा फुल अपडेट तो आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखना और मेरे लेफ्ट हैंड पे ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है दोस्तों जो कि सिक्स लेन का होने वाला है और डीएनडी के आश्रम से स्टार्ट होगा क्योंकि एक तो ये डीएनडी वाला रूट उस पर कनेक्ट हो जाएगा दूसरा सरायकाले खां से जब वाहन आएँगे तब उस पर एंटर हो जाएंगे तो वो भी आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों और देख सकते हैं यहाँ पर ये हम आ चुके हैं आश्रम चौक पर और आश्रम पर भी एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है तो आप सभी को उसका भी अपडेट देखने के लिए मिलेगा चैनल पर और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों तो अभी यहाँ पर आपको बता दूस आश्रम चौक पेली ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे वे का बहुत तेजी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है क्योंकि पिलर अभी यहां पर स्टैंड किए जा रहे हैं पिलर बनाए जा रहे हैं और जो आश्रम चौक की बात करें जिस पर फ्लाई बनाया जा रहा है वो फ्लाई कंप्लीट हो चुका है कुछ महीनों में ही अब खोल दिया जाएगा दोस्तों तो हम आप लोगों को ले के चल रहे हैं देख सकते हो बारह पुल्ला पे तो बारा पुल्ला से पहला ये चंद्र घंटा है जो उस पर यह तीन पिलर बन चुके हैं देख सकते हैं एक पिलर पूरा बन गया सेकेंड पिलर का ये पियर कैप का, का काम करना है और तीसरा पिलर ये बीच में है दोस्तों देख सकते हैं आधा पिलर ये बन गया था आधा पिलर अब बनाया जाएगा इस बस कॉन्क्रीट भर देना है सेटरिंग इन्होंने लगा दी है इस पर रिंग भी लगा दिए है अब इसमें बस कॉन्क्रीट भरना बाकी रह गया दोस्तों और आप लोगों को आगे दिखाते जब बारह पुल्ला को क्रॉस करेगा ये आर की लाइन तब का आप लोगों को नज़ारा दिखा रहे थे उस पर भी आपको बता दूं कि जो इसका स्ट्रक्चर इस होगा वो जोड़ने का वर्क कम्पली चलने लगा स्टार्ट हो चुका है दोस्तों तो कुछ प्लर ये इधर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे जब हम आश्रम की साइड से आएंगे और जाएंगे हम जब सरायकाले खां की साइड में तब का ये नज़ारा है तो देख सकते यहाँ पर यह प्लर बनाए जा रहे हैं और थोड़ा स्लो डाउन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि ऊपर आपको बता दूं रेड लाइट लगाई गई है तो उसी वजह से इस रेड लाइट का जाम है इस बारह पुल्ला फ्लाई का दोस्तों तो देख सकते हो ये पिलर अभी बनाए जा रहे हैं आधा पिलर बन गया है उस पर भी कं, कंक्रीट भरी जा रही है इस पे भी भरी जा रही है इधर के पिलर पर भी और देख सकते हो वो सामने जो बीच में पिलर है दोस्तों उस पर आपको बता दूँ कि इस पर बायोडेक्ट जोड़ने का काम स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग ये बताना कि आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा छोटा सा ही अपडेट है तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए दोस्तों क्योंकि मैं कुछ दिनों से बाहर नहीं जा पा रहा हूं थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ में तो इस वजह से आप लोगों के बीच में अपडेट नहीं ला पा रहा हूं तो ये छोटा सा अपडेट है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करो और मैं अगले वीक से आप लोगों को कंटिन्यू अपडेट्स देखने के, के लिए मिलेंगे जहाँ के भी आप लोगों को देखने की गुजारिश है आप लोगों को वहाँ के आप सभी को दिखाऊंगा और बताऊंगा अभी दोस्तों तो देख सकते हो ये सीधा सरायकाले खाम में जा ये निकल जाएंगे जितने भी ये पिलर आप लोगों को चमक रहे हैं अब इस पे यहां पर यहाँ पर लॉन्चर लगा दिया जाएगा और लॉन्चर लग जाने के बाद में फिर आपको पता कि बायोडाट को कितनी तेजी के साथ में जोड़ा जाता है दोस्तों तो आप लोग बताना ये छोटा सा अपडेट आप सभी को कैसा लगा दोस्तों अच्छा लगा हो कमेंट करें ना लगा हो फिर भी कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना दोस्तों तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइड मिलते हैं